हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सम जीरो से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को बेहद आसान तरीके से देखेंगे और इनमें जो है 1526 से 1857 तक जितने सारे क्वेश्चंस अफेक्ट बनते हैं एग्जामों में उन सभी पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे इनमें करीब दो से प्लस क्वेश्चन बनेंगे और हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहें साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 1526 सौ ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की जो है नींव डाली थी तो लोधी वंश की शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर आने की हरा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी पंद्रह में नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध नीति नीति जो है तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था तो पानीपत का प्रथम युद्ध में तुलगामा नीति का प्रयोग किया गया था किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों संग संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी तो भारत में ग्रांड ट्रक रोड आने कि जी रोड का जो निर्माण है वह शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गुजरात स्थित गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया था आयन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई थी तो आई ए अकबरी का जो लेखक थे वह अबुल फजल थे ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि पाँच अप्रैल पंद्रह सॉरी छप्पन में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है किसके द्वारा शुरू किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक जो धर्म है वो चलाया गया था प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी तो चांद बीबी जो संबंधित थी वह अहमदनगर से संबंधित थी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंस बदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया तो अकबर ने मंस बदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है अपने काल का महान संगीत्य तानसेन किसके दरबार में थे तो तानसेन जो थे वह अकबर के दरबार में थे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुगल काल की राजभाषा क्या थी तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह फारसी थी नेक्स्ट क्वेश्चन सती प्रथा भरतना करने वाला मुगल सम्राट कौन था तो सती प्रथा की जो भ्रसना करने वाला शासक थे वह अकबर थे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस युद्ध के बाद किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी तो मुगल राज्य की जो नीव है वह पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद पड़ी थी कहता है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्राकाष्ठा आने की चरम उत्सव प्राप्त किया तो मुगल चित्रकारी जो है वह जहांगीर के कार्य में सबसे उच्च जो है प्रकाष्ठा प्राप्त किया था चरम उत्सव प्रथा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी तो अकबर की जीवन कथा आई ए अकबरी का, का लेखक जो है अबुल फजल द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुगल किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं जग, रित, और फलों का विस्तृत विवरण अपनी देवनंदन यानी कि डायरी में किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया है सिरसा की महानता का घोतक क्या है तो सिरसा की महानता का घोतक जो है वह प्रशासनिक सुधार है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हुमायू किस किसने लिखा था तो इसकी लेखक जो थी वह गुलबदन बेगम थी नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन बात करें तथा अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है तो महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रजनामा के नाम से जाना जाता है तो रजनामा इसका उत्तर हो जाएगा किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था तो सैयद भाइयों को गिराने का दूसरे जाता है वो मोहम्मद शाह को जाता है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर कह सकते हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन की हम बात करें कहता है अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था तो टोडरमल उत्तरदायी थे अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गिरा क्या नाम से जाना जाता है तो इबादत के नाम से पूजा गिरा की उपवासना भवन जाना जाता है प्रसिद्ध संगीतिक संगीत तो हो जाएगा रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे तो अकबर के शासन काल से संबंधित थे ऑप्शन तो नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तग तमगा नामक कर का जो समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है मुब मुबीन नामक जो पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखी थी जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था तो बाबर जो मूल रूप से था वह फरगन्ना का शासक रहने वाला था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन शामिल नहीं था तो कौन सा जो शामिल नहीं था उसी कहना है तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय इसमें सम्मिलित नहीं थे बल्कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा सम्मिलित थे आलम खान लोदी सम्मिलित थे और दौलत खान लोदी भी सम्मिलित दिलवार खान लोदी भी सम्मिलित थे नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था तो सबसे जो निर्णायक युद्ध था वह खानवा का युद्ध था यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए एक तरफ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिया गया है और एक तरफ शासक दिया गया है इनको सु्मिलित करना है तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोधी के बीच बिल्कुल सही है खानवा का युद्ध पंद्रह में राणा सांगा के बीच बिल्कुल सही है चंदेरी का युद्ध पंद्रह में मैदी राय ये भी सही है और घाघरा का युद्ध पंद्रह में अफगानों के विरुद्ध ये भी बिल्कुल सही है अर्थात एक दो तीन चार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान ने सॉरी शाहजहाँ ने किया था ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ इसका उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था तो बेरम खान था नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी तो चढ़ाई नहीं की थी कहाँ पर नहीं की थी तो कन्नौज कन्नौज में चढ़ाई नहीं की थी नादिर शाह ने किसने ऐसे बाग बगीचे किसने ऐसे बाग बगीचे बहता पानी हो के निर्माण की जो परप पर, पर, की शुरुआत की थी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बाबर ने इसकी शुरुआत की थी और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है तो बाबर नामा हमायूं नामा तुझके बाबरी कौन सी बा कौन सी आत्मकथा है तो ऑप्शन नंबर डी तुझके बाबरी जो है एक आत्मकथा है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है उसे हमें सुनना है तो हमायूँ नामा हमायूं तुझके बाबरी बाबर तुझके जहांगीरी जहांगीर शाहजहां नामा तो इनमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमायू नामा हमायूँ यह सुमेरित नहीं है बल्कि हमायू नामा का जो लेखक था वह गुलबदन बेगम थी ठीक है इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी तो राजा बीरवल की जो उपाधि है वो महेश दास को दी गई थी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब और ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े किस मुगल शासक का दो बार राज्यभिषेक हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और, और हुमायूं का दो बार राज्य हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग ग्रांड ट्रक रोड जोड़ती है तो ग्रांड ट्रक रोड जो है कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था तो इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुए थे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ था तो अकबर का राजाभिषेक जो है वह कालानोर में हुआ था गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो गुरु अर्जुन देव जो है किसका समकालीन थे इसका राइट right आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जहांगीर का समकालीन थे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था तो वह राजपूत शासन था सिसोदिया वंश ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा किस मुग़ल शासक का आलमगीर कहा जाता है तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन 50 जिसमें पढ़ेंगे हम लोग सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से विभूषित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी पहली बार पश्चिम से कहाँ पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था यानी कि बाबर ने पहली बार जो है पश्चिम से होकर बाबर भारत में कहाँ से प्रयोग किया प्रवेश किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब से किया था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध पंद्रह में लड़ा गया था फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा तो फेजी जो है वह अकबर के दरबार में रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात कर लें कथा किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत की रचना की थी तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत की रचना जो है वह शेरसाह के समय में किया था किसने चौसा की लड़ाई पंद्रह में हुमायूं को पराजित किया था तो शरसाह ने पराजित किया था हुमायूं को चौसा का युद्ध में हमायूँ का मकबरा कहाँ स्थित है तो हमायूँ का मकबरा जो है वह दिल्ली में हाँ दिल्ली में स्थित है मुगल शासक ने दो बार शासन किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने दो बार शासन किया नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने इन्हें संगमरमर का करवाया था और इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ ही एक बाग में दफनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुग़ल शासक को उपवनों पवनों उद्यमों उद्यानों और अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर को कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुसान राज साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया तो काबुल और कंधार को शामिल किया बाबर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री कहता है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरसा ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना जो है सेरसाह ने बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद की थी निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था तो अकबर का सम समकालीन जो थी वह रानी दुर्गावती थी नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ ने अप निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने आगरा शहर में करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक जो कर है वह पुनः लगवा दिया था तो जजिया नामक कर को लगाने वाला जो मुगल बादशाह थे वह औरंगजेब थे और इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन कथा अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक जो अधिकारी थे उसका कार्य किया था तो उसका मुख्य कार्य जो था वह भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरबंदर की संधि से किस वर्ष बैसाखी के दिन तेरह अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष सोलह सौ निन्यानबे में नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करें कहता है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन जीवन पर्याप्त मराठों का पेंशन भोगी रहा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक क्षेत्र तक फैला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंग औरंगजेब के समय में नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी तो मुगल सत्ता के पुनः स्थापना हुमायूं ने पंद्रह सॉरी पचपन में किया था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना है किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ तो मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना है वह सरहीन युद्ध में विजय के प्रांत किया गया था किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु दिन पनाहत नामक जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी तो हुमायूं की जो मृत्यु है वह दिन नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए ले, लेनपुन ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायू का नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कथा मुगल प्रशासन में मुतबित मुतबिय था तो मुग़ल प्रशासन में मुतबी मुतबिस था लोक आचरण अधिकारी होता था नेक्स्ट क्वेश्चन है मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि अनुमदन भूमि को जो है इंगित करता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस समद के द्वारा किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ये आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वाजिर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे मुबाइन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम है नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने करवाया था हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें तो दौरा जो है चौसा का युद्ध दौरा में लड़ा गया था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित है इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कथा निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने जहांग शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल श्रीवास्तव ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है शेरशाह ने बनवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला थे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जापती प्रणाली किसकी उपज थी तो जापती प्रणाली का जो उपज है वह शेरशाह की थी जब जवाबिद का संबंध किससे था तो जवाबद का जो संबंध है वह राज कानून से था नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे कहता है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण था वह कंधार था नेक्स्ट क्वेश्चन है मुमताज महल का असली नाम क्या था तो अर्जुमन बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्सा बौध बिहार की तरह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा बनाया गया जो पंचमहल है उसका नक्शा बोध बिहार की तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव की ओर बढ़ेंगे हम लोग इसमें है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था उसके पिता का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय था नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह क्या कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछवाहे थे यानी कि कछवाहों से ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आ, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे तो औरंगजेब ने दक्षिण में जो दो राज्यों को विजित किए थे उन राज्यों में बीजापुर एवं गोलकुंडा था ऑप्शन नंबर सी बीजापुर और गोलकुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में किसने अस, अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था तो अपनी आत्मकथा का फारसी में अनुवाद करने का जो श्रेय है वह जाता है जहांगीर का नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है मुगल ने मुगलों ने नवरोज यानी कि नवरोज का त्यौहार लिया था तो नौरोज का जो त्यौहार है मुगलों ने किससे लिया था तो फारसीों से लिया था तो पारसियों तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो द्वितीय ताजमहल के नाम से जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीबी का जो मकबरा है उसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है कहते हैं किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर एक सौ दो कहता है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल नेक्स्ट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है तो अनवार ए सुहेली जो ग्रंथ है वह पंचतंत्र का एक अनुवाद है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जहांगीर के दरबार में मंसूर थे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक ब्यूरन लिखा है मुगल काल में ऐतिहासिक जो ब्यूरन है किसने लिखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुत की जो है अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप, आ, जो है राजनीतिक पर धार्मिक पर और संस्कृति पर ये तीनों पर आधारित थे यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा स्थित है तो तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम पुत्री थी तो गुलबदन बेगम जो थी वह बाबर की पुत्री थी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर वन नाइन कहता है मुग़ल प्रशासन में जिस जिले को किस नाम से जाना जाता था तो मुग़ल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु का जो है मृत्यु के लिए औरंगजेब ज़िम्मेदार है तो औरंगजेब जो है वह किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर वन एक सौ ग्यारह की ओर बढ़ेंगे कहता है भारत के मुग़ल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खाली जगह नाम रखा तो भारत के मुग़ल शासक बनने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा था बाबर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सॉरी अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके द, निर्देश में हुआ था हुआ था तो फारसी अनुवाद जो है महाभारत का वह फेजी के निर्देश में हुआ था यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कर था तो जामा मस्जिद का जो निर्माण है वह शाहजहाँ द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग एक सौ की ओर बढ़ेंगे कहता है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खान का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कहता है निम्न तत्वों में कौन तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 116 सो की अगर हम बात करें तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है तो श्रेष्ठतम इमारतें जो है वो फतेहपुर सिकरी में पाई जाती है अकबर द्वारा बनाई गई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हल्दी का युद्ध जो कि पंद्रह में लड़ा गया था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था मुख्य उद्देश्य नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था तो उस समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वह दसवंत थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी दसवंत राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वस्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरसा के मकबरे में हिंद तथा ईरानी जो है वस्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा शेरसाह के बचपन का नाम क्या था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा शेरसाह का जो बचपन का नाम था वह फरीद खान था नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरसाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था वह जागीर थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासार सासाराम का जागीर था यानी कि सहरसाराम यानी कि सासाराम ऑप्शन नंबर ए एज राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर एक सौ बाईस की बात करेंगे दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी अपना वकील एवं अपने पुत्र का जो अतालिक नियुक्ति नियुक्त किया था तो उसका नाम था बहार खान यानी कि लो बाहर खान लोहानी भी कहा जाता था ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की तो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बनकर शेरशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी इसका राइट आंसर हो जाएगा हजरत आला की उपाधि ऑप्शन नंबर ए हजरत आला की उपाधि हमायूं और शेर शेर खान के लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्यात था जिसमें बीजे के उपरांत शेर खान ने शेरशाह शेर शाह आलम उल अदिल की उपाधि धारण की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर एक सौ पच्चीस की बात करेंगे किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की जो स्थापना किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमिद लाहौरी कौन था तो अबिल अब्दुल हमीद लाहौरी जी जो थे वह शाहजहाँ के शासन का एक राज्य की इतिहासकार थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एक सौ सत्ताईस इस। इसमें कहता है सत्य कथन कत, जो कथन है ए और कथा शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दुर्व्यतीत किए पहला है और दूसरा कथन है कारण उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था हमारा जो है यह दोनों सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों सही है तथा आर ए यानी कि ए वाला जो है आर ए का सही स्पृष्टीकरण नहीं है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ेंगे जिसमें है धर्मठ का युद्ध जो है अप्रैल सोलह ईस्वी में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था तो धर्मठ का युद्ध जो है बहुत फेमस युद्ध है और यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा दारासिको के बीच ठीक है तो औरंगजेब और दारा दारासिको इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध सॉरी कथन है यहाँ पर और यहाँ कारण दे रखा है तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्या क्या है निर्णायक और महत्वपूर्ण था आ, कारण है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की जो सही स्पष्टीकरण है ये दोनों स्पष्टीकरण जो है वह सही किया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कहता है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था यानी कि मक्का का द्वार जो है वह किसे कहा जाता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर एक की बात करेंगे कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो जिसको सही सुमेलित नहीं है उस युगम को हमें चुनना है तो इसका राय देखिए कहता है जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस जहांगीर और विलियम हॉकिंस ये सही सुमेलित है अकबर सर टॉमस रो ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगला क्वेश्चन कहता है कथन ए दिया गया है अकबर के काल में हर दस घुड़सवार सैनिक के लिए मनस्पारों की को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था और इसका कारण था घोड़ों का यात्रा में आराम दे घोड़ों को यात्रा में आराम देना होना चाहिए था और युद्ध के समय उनको बदला आवश्यक होता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु जो आर है वह सही कह रहा है यानी कि घोड़ों को जो है आराम देना होता था ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यदि वे घोड़स्वार्थ सिपाही थे यदि जो जो थे वह वे घोड़स्वार्थ सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की जिन्होंने किसी सरदार के साथ अप, अपने को संलग्न नहीं किया सम्राट ही उनका आसन्य कर्नल था उन्होंने अपने को मिर्जाओं के लिए संलग्न किया तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा एक दो तीन सही है बाकी जो चार में दिया गया है जिन्होंने अपने ही अपने को मिर्जाओं के साथ संकलन किया ये बिल्कुल गलत है और तीन सही है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर हो जाएगा इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कंधार के नि, निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा तो कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा तो क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से तो सामरिक जो महत्व के दृष्टिकोण के केंद्र से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 सौ पैंतीस कहता है अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो उस समय सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वह मीर बक्सी था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कहता है राजपुताना क्षेत्र के किस राज्य राज को जितने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनान्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाद के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ को जीतने के बाद नेक्स्ट है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई तो शेरशाह की जो मृत्यु है वह किस बारूद में अचानक विस्फोट होने के कारण हुआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंजर अभियान के समय में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे शेरसा के बारे में क्या असत्य है यानी कि कौन सा गलत है शेरसा ने उपज का एक बटे तीन भाग कर के रूप में निर्धारित किया शेरसा के समय में किसानों को हरिजाना हरिबाना यानी कि सर्वेषण जो शुल्क है तथा मुहासिलाना सिलाना यानी कि कर संग्रह भी चुकाना पड़ता था भूमि की पेमाई पैमाई से हेतु शेरसाह ने बत्तीस अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया शेरसाह ने सासाराम में एक जो है सुंदर किले का निर्माण करवाया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर शेरसाह ने सासाराम में एक सुंदर जो है किले का निर्माण करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है सूची सूची प्र, एक सुमेलित है, सरकार जिला कहा जाता था, बिल्कुल दो सम्मिलित है तीन भी सम्मिलित है चार भी सुमेलित है। अर्थात एक दो तीन चार ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाहकालीन प्रशासन में फोता दार था फोतादार था कौन था तो फोतादार जो था वह कोसा अध्यक्ष हुआ करता था शेरसाकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम किया था तो कानूनगो का जो काम उस समय था वह भूमि संबंधी रिकॉर्डों का रखना था तो भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना ऑप्शन नंबर जो ए है सही उत्तर हो जाएगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर वन में कहता है सॉरी आगे बढ़ता जा रहा है तो वन जी हाँ तो कहता है किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा एक जराचीन मृत्युमुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा र, र, रखे यात्रा पर निकल पड़े तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि जो है बुढ़िया के पास फटक भी जाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा अब्बास खान सरवानी ने ऐसा कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन कहता है शेरसा द्वारा निर्मित सड़क पर सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धम धमनिया थी यह किसकी उक्ति है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा यह के आर कानूनगो की जो है युक्ति थी नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कहता है शेर से, शेरसा के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है तो जो सही नहीं है उसे हमें बताना है तो कहता है भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया है बिल्कुल सही है ये भी सही है ये भी सही है हाँ भू राजस्व की दर उपज का एक बटे तय किया गया बिल्कुल गलत है जो कि तीन था यहाँ पर छः दिया गया ठीक है शेरसा ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे तो वह कौन सी धातु के बने होते थे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना चांदी और तांबा के बने होते थे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था तो दिल्ली का जो पुराना किला है उसे शेरशाह द्वारा बनाया गया था यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कहता कथा अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का जन्म हुआ था हमीदा बानू बेगम थी तो हमीदा बानू बेगम कौन थी तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानू बेगम था कथा अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ तो अकबर के संरक्षण बैरम खान का जो पतन है वह कब हुआ था 1560 में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला जो क्वेश्चन है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें है सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था मगर वह बहुत प्रभाव संपन्न था उसने अपने जीवन में लड़ी गई चौबीस लड़ाइयों में से बाईस को जीता था हेमू के किस उपलक्ष में विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा दिल्ली पर अधिक अधिकार करने के उपलक्ष में उसने जो है यह उपाधि धारण की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्दा शासन जो कि पंद्रह सौ के बीच के लिए कौन जिम्मेदार थे अतका खेल या हरम दल की प्रमुख जो सदस्यता सदस्य थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमा अनगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए e हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलबा के विजय से यानी कि ऑप्शन ने अकबर के किस अभियान का ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात अभियान को नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा असीरगढ़ का विजय नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के नवरत्न में से एक बिरबल किस अभियान के समय मारे गए तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा यूसुफ जायो के विद्रोह के दबाते समय ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना है दास प्रथा की समाप्ति और दास प्रथा की समाप्ति पंद्रह सौ बासठ बिल्कुल सु्मिलित है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति बिल्कुल सम्मिलित है और जजिया कर की समाप्ति बिल्कुल सम्मिलित है और ये भी हमारा सम्मिलित है अर्थात एक दो तीन चार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एक तो इसमें कहता है सम्मिलित करना है सूची एक और सूची दो के साथ एक सौ सत्तावन वाली तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में बिल्कुल सही है और मजहर की घोषणा पंद्रह में भी सही है नौरोज उत्सव का पुनर्द्वार ये भी सही है अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी एक दो तीन चार ये भी बिल्कुल सुमेलित है और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है कि करोड़ी की नियुक्ति कब की गई थी तो पंद्रह तिहत्तर में तो पंद्रह सौ तिहत्तर में किया गया था करोड़ी की नियुक्ति अर्थात हमारा ये भी जो है बिल्कुल सुमेलित है एक दो तीन चार इसका भी सही क्रम में हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम का शत्रु जो कहा था बदायनी ने कहा था ऑप्शन नंबर बी राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 160 कहता है अकबर ने किसे कवि राय यानी कि कविराज की उपाधि दी थी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बीरबल को जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी तो जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की जो हत्या है वो वीर सिंह बुंदेला ने किया था ऑप्शन नंबर ए राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कहता है दहशाला बंदोबस्त किस संबंधित है तो दहशाला जो बंदोबस्त है वह टोडरमल से संबंधित था नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किसी कंठभारनवासी बिलास की उपाधि दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तानसेन को और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर एक सौ चौंसठ की बात करेंगे कतः मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का स, जो प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक बनने के बाद बारह अध्यादेश जारी करने वाला मुग़ल बादशाह था तो बारह अध्यादेश जो जारी करने वाला मुगल बादशाह थे वह जहांगीर थे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सुमेलित नहीं है उसे छांटना है तो जो सुमिलित नहीं है उसे छाटना है कहता है खुसरों का विद्रोह जो है सोलह सो छ और सात में हुआ था बिल्कुल सही है कहता है पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या इतना मेरी बिल्कुल गलत है जो कि यह सुमेलित नहीं है अर्थात तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सुमेलित नहीं है बाकी सब सुमेलित है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में जो है कंधार हमेशा मुगलों के हाथ से चला गया सुमेलित कीजिए सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित करना है जहांगीर की पत्नियां और उसकी उपधियाँ आप पदनाम को सुमेलित करना है रहता है मानबाई मानबाई जो है साहब बेगम जगत गोसाई जोधाबाई मेहरू जिना मेहरू जिसा नूर महल यानी कि नूरजहाँ तो इसमें जो सुमेलित है उस सभी सुमेलित दिया गया है इसमें कोई गलत नहीं है अर्थात हमारा एक दो तीन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है मेवाड़ से युद्ध तथा चिंतोड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उप, उपलब्धि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर की नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को इसने पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया यह किसकी उक्ति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर की यह उक्ति है और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर वन सेवें सेवेंटी टू की बात करेंगे जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने यह कहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने यह कहा था कि जो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कहता है शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी तो शाहजहाँ के समय जो घटना नहीं हुई थी उस घटना को हमें बताना है रुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था खान जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ था पुर्तगालियों का दमन ये भी हुआ था महावत खान का विद्रोह ये नहीं हुआ था अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो नहीं हुआ था इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है शाहजहाँ के समय जो नहीं हुआ था उसे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहाँ का मूल्य नाम क्या था तो अगर शाहजहाँ का मूल्य नाम की बात करें तो खुर्रम खान था जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है खुर्रम नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनन बानो बेगम जिसके नाम से मुमताज बहन को बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी, दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा सिको को शाह क्वेश्चन नंबर हम लोग एक सौ उनासी की बात करें कथा दारासिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध उसे निर्णायक माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया कर दिया जहाँ आठ वर्ष के बाद नजरबंदी के हालात में ही जहांगीर की सॉरी शाहजहाँ की मौत हो गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा का किले में नज़रबंद किया गया था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के विरुद्ध जो है हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है तो इसका सही क्रम क्या है आ, कहता है जाट बुंदेला सतनामी सिख यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही दे रखा है आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर एटी कहता है किस जाट नेता ने बा, बादशाह अकबर के मकबरे को हानी पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम ने ऑप्शन नंबर बी राजा राम ने अकबर की हड्डियों को कब्र से खोदकर जला दिया था तथा साकी मुस्तिद खान की रचना मासिर एवं आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार ने इसे गजेटियर की संज्ञा दी है नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कथा जिस प्रकार अस्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार की है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा यह जो कथन है जादुनाथ सरकार की है यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कथा किस मुग़ल बादशाह को उसकी प्रजा वेश में एक दरवेज दरवेस यानी कि फ़कीर कहती है तो उसे किस मुग़ल बादशाह को फ़कीर कहा जाता है ये सभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अकबर को जील इलाही यानी कि खुद की परछाई एवं फर एजाही खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने इसे कहा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर और इस प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है दीवान ए बाजीरात ए कुल नामक नए पद की जो स्थापना है किसने की थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर के समय मुगल जो प्रांतों की संख्या पंद्रह थी और औरंगजेब जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी तो पंद्रह से बढ़कर कितना हो गई थी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा इक्कीस हो गई थी नेक्स्ट है अंतिम रूप अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन थे तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला थे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा गया थ, जाता था तो मुग़ल काल में इसे जो है पाइबाकी कहा जाता था या तो पाबाक भी कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कहता है कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोध था तो जात एवं सवार बोध जो थे वो क्या था कर्मसा मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मंस्यदार व्यवस्था में दो अस्पा सिंह एवं अस्पा का प्रचलन किसने किया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा जहांगीर ने इसका प्रचलन किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का क्षेत्र था तो जागीरों के प्रचलन का जो क्षेत्र था वह क्या था इसका राइट right आंसर हो जाएगा शाहजहाँदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन काल में उत्पन्न हुई तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के समय में हुआ था ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मुगल सत्यापत कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है तो पिटराड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावट ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावट पिटरा ड्यूरा का अर्थ है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा जो है वह हुमायूं का मकबरा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पिटरा पिटराड्यूरा का आरंभ किसने किया था तो पिटरा ड्यूरा का जो प्रारंभ है वह जहांगीर ने किया था ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी एट इसमें कहता है वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है तो पूर्ण रूपण संगमरमर से किसका निर्माण कराया गया है तो ऐदमात उद्दोला का मकबरा ऑप्शन नंबर ए एदमात उद्दोला का मकबरा हो जाएगा निम्न में से किस शासन शासक को का काल संगमरमर का काल कहा जाता है तो इनमें से किस शासक का काल का को संगमरमर का काल भी कहा जाता है इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ के काल को नेक्स्ट क्वेश्चन और जहांगीर के जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फ़ारस भेजा था तो इसका उत्तर हो जाएगा बिशन को भेजा था जो कि ऑप्शन नंबर ए बिशन इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 201 सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो के साथ तो सूची दो सूची एक को सूची के दो के साथ सुमेलित करना है जैसे अबुल हसन नादिर उज जमान बिल्कुल सही है उसताद मसूर जो कि नादिर उल अस्त्र बिल्कुल सही है सोकी आनंद खान ये भी बिल्कुल सुमेलित है लाल खान गुन समंदर बिल्कुल सही सुमेलित है अर्थात एक दो तीन चार वाले हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एक दो तीन चार सीरियल वाइज हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला है कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखु दिलकुशा के रचनाकार थे तो औरंगजेब के काल में जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक कौन थे इसका उत्तर हो जाएगा भीमसेन सक्सेना काश्यप थे तो भीमसेन सक्सेना इसका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर नामा किसने लिखा था तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा इदामत उद्दोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया तो इसका उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है राजपुताना के निम्न राज्यों में से एक किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं की थी ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की जो प्रथा है प्रारंभ किया था यानी कि प्रारंभ किया था तो किसने किया था इसका उत्तर हो जाएगा शेरसाह ने किया था पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर दो सौ सात की ओर बढ़ेंगे जिसमें है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वायद्य अंत्र बजाते थे तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब जो थे वीणा बजाते थे ऑप्शन नंबर सी वीणा राइट आंसर हो जाएगा कहता है जहांगीर को कहां दफनाया गया था तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था ऑप्शन नंबर सी लाहौर इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक सौ नौ दो सौ नौ वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा हरी विजय सूरी थे ऑप्शन नंबर बी हरी विजय सूरी आचार्य जी को अकबर ने बहुत सम्मानित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो सौ दस निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे तो जहांगीर के चित्रकार कौन थे तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल हसन भी थे और आकारिजा भी थे अर्थात दो और तीन दो दो और तीन ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन और अका रिजा दोनों थे नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था तो अकबर उस समय के बादशाह थे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय आत्री भारत आया तो शाहजहाँ के काल में पीटर मुंडी भारत आए थे जो कि एक यूरोपीय आत्री थे नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष खाली जगह में प्रारंभ किया था तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक जो धर्म था वह किस वर्ष प्रारंभ किया था ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा पंद्रह पंद्रह सौ बिरासी में शुरू किया था ऑप्शन नंबर डी पंद्रह सौ बिरासी इसका उत्तर हो जाएगा